वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के कुशल निर्देशन में दिनांक 7 चार 2022 को थाना प्रभारी बक्सा थाना प्रभारी बदलापुर थाना प्रभारी घुटहन और स्वाट टीम की संयुक्त टीमें अपराधियों की धरपकड़ के लिए चेकिंग चला रही थीं इसी दौरान थाना बक्सा अंतर्गत सुजियामो रोड पर कुछ लोग अपराध संदिग्ध लोगों को रोकने पर उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई जिसमें स्वार्ड टीम के बुलेट प्रूफ जैकेट पर उनके द्वारा चलाई गई गोली लगी आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गई जो एक अपराधी के पैर में लगी मौके पर जाकर अपराधी को पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम ब्रजेश गौतम निवासी गोठवा थाना महाराजा बताया और उसने बताया कि मेरे साथ दो और साथी थे जो मौके का फायदा उठा करके भाग गए वो अभी नहीं मिल सके हैं उसमें एक जो अभियुक्त है अपराधी है वो उसका सगा भाई है उसकी तलाश की जा रही है एक अन्य व्यक्ति का नाम पता अभी अज्ञात है यह अभियुक्त पकड़ा गया जो ब्रजेश गौतम है ये पच्चीस हजार रुपये का इनामिया है थाना बक्सा की लूट में इसकी संलिप्तता थी इसके कब्जे से थाना बक्सा की में लूटी गई एक सैमसंग मोबाइल थाना बदलापुर की दो लूट और थाना कोटहन की एक नकब का कुल आठ हज़ार आठ सौ रुपये नकद एक चोरी की मोटरसाइकिल एक अदद तीन सौ पंद्रह बोर का तमंचा, दो अदद जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस तीन सौ पंद्रह बोर ये सब उसके कब्जे से रिकवर किया गया है इस प्रकार से एक शातिर लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश हुआ है और एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और उसके कब्जे से लूट की मोबाइल और चोरी की मोटरसाइकिल एवं अन्य बदला पूर्वक की लूट और नकबजनी के पैसे बरामद हुए हैं अग्रेतर विधि कार्रवाई की जा रही है